यह तो था सबैया हम, हम का हम बहुत सुबह सारी रात सामान है इधर से उधर उरा का काम रहा